चंद्र भाई के सवाल पूछा जा रहा है चंद्र भाई का जवाब थ्री को भी थ्री को करना कितना मत हुआ वो मुझेンスター में टू स्टार कर लो उसके लिए दो बटन बना दो